ये प्रवेश द्वार है महाभारत युद्ध भूमि श्री भीष्म पिता ये श्री भीष्म द्वार है जो पांडव के टाइम पे बनाया गया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुंड है यहाँ पर और कुंड आपको दिखाते हैं इस साइड से चलते हैं अब हम नीचे जा रहे हैं बट मैं सूज पहन रहा हूँ और श्री अर्जुन और श्री विषम पितामा हैं भीषम पितामा और यहाँ पर बच्चे नारे कुंड में और ये भीषम पितामा तिरों पर लेटे हुए और ये ये भीषम पितामा पांडव मंदिर का पीछे का द्वार है इस चित्र में आपको विषम पितामह बानों की सैये पर लेटे हुए दिख रहे हैं जब बानों की सैये पर लेटे हुए थे विषम पितामह तो उनका सर पीछे की ओर झुक रहा था तो अर्जुन को बुलाया गया और बोला गया कि मुझे सिरहाना चाहिए और सिरहाना देने के लिए अर्जुन ने अपने बानों से विषम पितामा को सिरहाना दिया उसके बाद विषम पितामा ने बोला कि पुत्र मुझे प्यास भी लगी है तब अर्जुन ने अपना दूसरा बांध निकाला और खाएंगे ब्रम की प्यास वहाँ पर भी आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे अगर आप कभी कुरुक्षेत्र आए हैं तो कुरुक्षेत्र आप आके एंजॉय करना आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा यहाँ पर काफ़ी मंदिर है और यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको दिखा मेरे पीछे की साइड विषम पितामा और अर्जुन है विषम तीरों पर लेटे हुए हैं तो अभी हम हनुमान मंदिर की साइड जा रहे हैं।